मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे पहुंचे जहां उन्होंने ऑटोमोबाइल्स और आईटी सेक्टर को लेकर कहा कि पुणे में ऑटोमोबाइल्स और आईटी सेक्टर के क्षेत्र में काफी आगे हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में भी हैं। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर से यहां लोग आना चाहते हैं विशेषकर ईवी के क्षेत्र में सीएम शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश के लिए लोगों ने रुचि दिखाई है जमीन भी मांगी है और हमने तीन एकड़ जमीन ईवी पोर्ट के रूप में आरक्षित की है क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है चाहे टू व्हीकल्स हो ऑटो हो या फिर फोर व्हीलर हो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जो विशेषता है लैंड बैंक हमारे पास है एक लाख बाईस जमीन अलग अलग हिस्सों में चिन्हित है अगर आपको चाहिए तो आपको एक महीने के अंदर हम दे सकते हैं और आप इसे एक क्लिक करके देख सकते हैं आपको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी हमने तीन एकड़ जमीन आरक्षित की है ईवी पार्क के रूप में क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चाहे टू व्हीलर हो ऑटो हो फोर व्हीलर हो तो बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि इसमें दिखाई है लैंड बैंक हमारे पास तैयार है आज भी एक लाख बाईस हजार एकड़ जमीन अलग अलग हिस्सों में जो चिन्हित है अगर आपको चाहिए तो आपको एक महीने के अंदर हम दे सकते हैं और एक क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ हमारे पास लैंड के पीसे ने कहा जमीन लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश आकर ही घूमें आप पहले एक क्लिक से चेक कर लें और पसंद आए तो बाद में देख लें उद्योगों के लिए जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है जो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है कम्पेरेटिवली अगर देखें तो सस्ती जमीन हमें मुंबई पुणे से मध्य प्रदेश में उपलब्ध होगी वो इंडस्ट्रीज जो मध्य प्रदेश में आ रही है उसके साथ टाईप करके इंडस्ट्रीज में जैसी स्किल्ड मैनपावर लगेगी उनको वह तैयार करके हम देंगे ताकि स्थानीय बच्चों को प्रशिक्षित कर और मिल जाए इसमें उस जगह घूमे अगर पसंद आगे तो फिर जाके देखे यहाँ तो नंबर एक जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए मध्यप्रदेश में उपलब्ध है उद्� कंपेरिटिवली अगर देखे तो सस्ती उपलब्ध है मुंबई पुणे के मुकाबले अगर आप देखेंगे कास्ट की बात तो एक सिंबॉसिस यूनिवर्सिटी का भी जो हमारे यहाँ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है उनके भी प्रपोजल्स आए हैं कि वो इंडस्ट्री जो मध्यप्रदेश में आ रही है उसके साथ टाइप करके उस इंडस्ट्री में जैसे स्किल्ड मैनपावर लगेगी उनको वो तैयार करेंगे ताकि स्थानीय बच्चों को वो प्रशिक्षित करे और बाद में जब तक इंडस्ट्री खड़ी हो उनको रोजगार वहां मिल जाए लोकल बच्चों को भी रोजगार मिलेगा आप देख रहे हैं दखन न्यूज